हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मेडियो मैं आज आपके लिए लाया हूँ कुछ खास बिना किसी बकवास प्रजातिया बिल्लियों की पुराने जमाने में इंडिया में बिल्लियों को देखना भी बुरा माना जाता था लेकिन आज ऐसा नहीं है किसी न किसी घर में एक मेंबर तो ऐसा मिल ही जाता है जिसका फेवरेट पेट कैट क्या, क्या आपको पता है पूरे वर्ल्ड में पचास ऐसी अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है बिल्लियों की इनमें से कुछ ज्यादातर बिल्लियाँ पानी ऐसी दूर भागती है ये तो आपको पता ही होगा नहीं पता चलो मैं बताता हूँ क्यों ब्रिटेनिका की रिपोर्ट के अनुसार बिल्लियों की स्किन रेशेदार होती है जिसको सूखने में बहुत टाइम लगता है जो कि उनको बहुत एरीटेट करता है और वह पानी से दूर ही रहती है अगर आपकी बिल्ली नहाने में आना का नहीं करे तो कोई जबरदस्ती मत करिए, क्योंकि रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया बाकी आपकी मर्जी वरना बिल्लियाँ तो अपने आप को साफ सुथरा रख ही सकती है इसकी टेंशन मत लीजिएगा और देखिये थोड़ी टाइम में मैं आपको पूरे वर्ल्ड की बिल्लियाँ बताता हूँ ब्रिटिश शॉर्ट है बंगाल कैटिस नॉर्वेजियन फॉरेस्ट साइबेरियन सावाना अमेरिकन शॉट है यूरोपियन शार बर्मन चार्बे कैट किलो बर्मीज सोमाली ऑरियंटल शेर रंग सिंगापुर कैट अमेरिकन टायगर ब्रिटिश लांग हेर मैक्स डांस हवाना प्राउनैटरी अमेरिकन गोटाई ओरियंटल लॉन्गेयराट अमेरिकन वायर हेड मिलानीज और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके घर में कौन सी बिल्ली है और अगर नहीं भी है तो इनमें से आपको कौन सी अच्छी लगी ये भी जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और वो जो, जो लाल बटन है सब्सक्राइब का प्लीज उसे भी दबा दीजिएगा शेयर नहीं करोगे तो भी चलेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार